इंदौर के लोगों को सफाई पसंद है इसलिए स्वच्छता में इंदौर नंबर वन रहता है इंदौर में सफाईकर्मी ही नहीं बल्कि शहर का हर नागरिक शहर को साफ रखने में हमेशा जुटा रहता है रविवार को वाल्मीकि समाज के आराध्य, गोगा देव के प्रकट उत्सव गोगा नवमी पर रविवार को इंदौर नगर निगम के साढ़े सात छुट्टी पर थे इसके चलते इंदौर को साफ करने पूरे शहर में नागरिक और जनप्रतिनिधि झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए और इंदौर को गंदगी मुक्त कर दिया वाल्मीकि समाज के गोगा के गोगादेव प्रकटोत्सव गोगा नौमी पर रविवार को इंदौर नगर निगम के साढ़े सात हजार इंदौर को साफ करने पूरे शहर में नागरिक और जनप्रतिनिधि झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए और कुछ ही घंटों में पूरा शहर चकाचक हो गया सुबह महापौर पुष्यमित्र भार्गव मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक का आकाश विजयवर्गीय ने राजवाड़ा क्षेत्र में सफाई करना की की। लाल यादव ने भी सफाई में सहभागिता निभाई शहर के हर वार्ड में पार्षदों ने भी आम लोगों के साथ सफाई की महापौर पुष्यमित्र भार्गव मंत्री तुलसी सिलावट विधायक आकाश विजय वर्गीय और नगर निगम के अधिकारी राजवाड़ा पहुंचे। वहां सभी ने मिलकर झाड़ू लगाई और कचरा उठाया क्षेत्र की गलियों में भी सफाई की गई। आज हम सब स्वच्छता के आग्रही स्वच्छ स्वच्छाग्रही हैं। पूरे वर्ष भर हम सबके स्वच्छता मित्र स्वच्छता कर्मी दिन रात जुटकर इंदौर को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, हर गली को हर डगर को साफ रखते है कल भगवान गोगा की नवमी थी उसका चल समारोह था उसका उत्सव था आज उनका अवकाश रहता है इसलिए आज पूरे इंदौर ने स्वच्छता को अपने हाथों में लिया है माननीय मंत्री जी श्री तुलसीराम जी सिलावट क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गी जी इंदौर नगर निगम की पूरी टीम सब स्वच्छता के सहयोगी मित्र इंदौर के जितने नागरिक हैं वो आज अपनी सफाई का अभियान खुद कर रहे हैं हमने यहाँ आज उसी स्थान पर एक विशेष बात यह है कि इंदौर में कोई जुलूस हो उत्सव हो कार्यक्रम हो आगे जुलूस उत्सव होता है पीछे स्वच्छता की टीम सफाई करती है आज उनके कार्यक्रम के समापन के बाद हम सब नागरिक मिल उस कार्यक्रम के स्थान पर सफाई कर रहे हैं और पूरे इंदौर में भी विधानसभा में वार्ड में ये अभियान स्वयं स्वच्छता का जारी है इंदौर के पाटनीपुरा क्षेत्र में भी रहवासी सड़कों पर उतरे और झाड़ू थामकर कर सफाई की लोग स्वेच्छा से आगे आकर सफाई कर रहे हैं उनका कहना है की सफाई मित्र साल में सिर्फ एक दिन अवकाश पर रहते हैं इसलिए यह हमारा दायित्व है की हम शहर को साफ रखे शहर के वार्ड अड़तालीस स्थित बड़ी ग्वालोली चौराहे से स्थानीय पार्षद विजय लक्ष्मी गोहर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई की शुरुआत की सफाई कार्य में बैंक के अधिकारी कर्मचारी व्यापारिक संगठन शैक्षणिक संगठन व सामाजिक संगठन के सदस्य शामिल रहे छप्पन दुकान के आसपास वहां के व्यापारी संघ द्वारा सफाई की गई मेघ चौराहे के पास बैंक कर्मचारी वे एरोबिक्स क्लब के सदस्य सफाई करने उतरे